जी और जीने दो तो। जी और जीने दो तो। जिंदगी जीन कोई पता नहीं है आज कोई गोली मार देगा आज मर जाएंगे क्या पता कोई ठीक है ना नही वही जो अच्छा काम कर गया दुनिया याद करेगी भाई वो है। था मूछ वाला जीना <laughs> <laughs> है तो हंस के जियो जीवन में एक पल भी